नमस्कार मित्रों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है आज की जो वीडियो है बहुत ही खास है इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना रावण ने बताया धन प्राप्ति करने के उपाय मित्रों दशानन को ज्योतिष का सबसे ज्यादा प्रखंड विद्वान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि रावण ने ज्योतिष के आधार पर तंत्रों के आधार पर नौगरा को बंदी बनाकर रखा था तथा भगवान शंकर की कठोर आराधना कर ज्योतिष और तंत्र ज्ञान प्राप्त किया था रावण ने अपने किताब जिसका नाम रावण संहिता है इसमें धन प्राप्ति करने का बहुत ही साधारण सा उपाय बताए हैं और इस उपाय से निर्धन से निर्धन दौलतमंद मित्रों रावण कहता है कि संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है अगर सच्चे मन से पूरे लग्न के साथ पूरे विश्वास के साथ अगर वह कार्य किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है जैसे कि रावण ने समय चक्र को अपने बाहुबल से रोक दिया था रावण ने अपने बाहुबल से तीनों लोग पर विजय प्राप्त किया था इसलिए रावण को नीति शास्त्र का अच्छा ज्ञान भी था रावण ने हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए हमारे जैसे साधारण लोगों के कल्याण के लिए अपने पुस्तक रावण संहिता में यह जानकारी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बचपन से देखिए रावण बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बचपन से निर्धन नहीं होता वह अपने कर्मों के कारण निर्धन होता है अच्छे कर्म करके या फिर अच्छे परिश्रम करके आज भी धनवान बना जा सकता है लेकिन कभी कभी कठिन कथी परिश्रम करने के बाद भी हम धन इकट्ठा नहीं कर पाते धनी करने में असफल रह जाते हैं तो रावण कहते हैं कि इसके लिए उसने के? अपने रावण संहिता में गुप्त मंत्र बताए हैं जिसे पढ़ करके आज भी धन की बारिश किया जा सकता है और इस मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए चाहे वह सगे मित्र क्यों न चाहे वह सगे भाई क्यों न हो और रावण को यह मंत्र भगवान शंकर जी के द्वारा प्राप्त हुआ है भगवान शंकर जी को भोलेनाथ कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ ने ही माँ लक्ष्मी को तथा कुबेर जी महाराज को धन का कोशा अध्यक्षा बनाए तो मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं। यह मंत्र जितना ज्यादा जपोगे उतना ज्यादा जीवन में धन आएगा खाली बैठने सब आप खाली हो तो यह मंत्र जरूर मन में गुनगुनाना चाहिए मन में उच्चारण करते रहना चाहिए यह मंत्र के प्रभाव से आप जल्द करोड़पति बन जाओगे करोड़पति के मालिक बन जाओगे और यह मंत्र जितना ज्यादा आप जपोगे लाखों करोड़ों के संख्या में जितने भी आपसे हो सके जितना ज्यादा जपोगे उतना ज्यादा धन आएगा और इस मंत्र की शक्ति इतना ज्यादा प्रखंड है कि दो से तीन दिनों के भीतर में इसका चमत्कार आपको खुद अनुभव होना शुरू हो जाएंगे पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे मंत्र कुछ इस प्रकार से वीडियो के देख लीजिए स्क्रीन पर शो हो रहा है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः ध्वा ध्वा स्वाहा ये बीज मंत्र है इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती तथा धन के देवी कहे जाने वाले अष्टलक्ष्मी के बीज मंत्र है इस मंत्र के प्रभाव से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे यह मंत्र रावण ने स्वयं बताया यह मंत्र जितना ज्यादा जपोगे आपके जीवन में उतना ज्यादा धन आएगा आशा करता हूँ कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित होंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार